मध्य प्रदेश में खराब सड़कों को लेकर जमकर सियासत हो रही है इसी बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने बड़ा बयान दिया है गोपाल भार्गव ने कहा कि भोपाल की खराब सड़कों के सुधार के लिए पैसे नहीं है भोपाल की सड़क दुरुस्त करने में करीब आठ महीने लग जाएंगे वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंद्रह दिनों की डेडलाइन दी थी जो अब पूरी होने वाली है मध्य प्रदेश की सरकार सड़कों के सुधार में किलाक दावे कर लेकिन हकीकत ले कुछ और ही है मध्य प्रदेश की खस्ता सड़कों की हालत पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनता से माफी मांगी जिसको लेकर पीडब्ल्यू मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि इसमें सुपरविजन अथॉरिटी की गलती थी इनको दो साल से टर्मिनेट करने का चल रहा था लेकिन नहीं हो पाया वहीं गोपाल भार्गव ने भोपाल की जर्जर सड़कों को लेकर कहा कि अभी सड़कों के लिए बजट नहीं है अभी हमारे लिए बजट आवंटन नहीं हुआ है जल्द ही सड़कें सुधारी जाएंगी उन्होंने ये भी कहा कि आठ महीने के अंदर हम सड़क के गड्ढा विहीन शानदार कर देंगे गलती सुपरविजन अथॉरिटी की थी उसके बारे में कई बार लिखा जा चुका था एन के लिए भी और आर के लिए भी और लगभग तो दो साल से उसको ठेका टर्मिनेट करने का काम चल रहा प्रक्रिया चल रही थी लेकिन नहीं हो पाया वहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी कहना था और इस कारण से अब जो गडकरी का आना हुआ वहाँ पर जल्दी ठीक हो जाएंगी जैसे ही हमारे लिए बजट आवंटन होगा अभी उस उसमें राशि नहीं है लेकिन हम काम करवाएंगे और आठ महीने के अंदर जून के पहले तक हम सारी सड़कें पूरी गड्ढा विहीन और शानदार कर देंगे भोपाल आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल की सड़कों की सुधार के लिए पंद्रह दिन की डेडलाइन दी थी जो अब पूरी होने वाली है वही विभागीय मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि करीब आठ महीने सड़कों को सुधारने में लगेंगे क्योंकि अभी सड़कों के लिए बजट नहीं है अब दावों और हकीकत में फर्क दिखने लगा है